मछली शहर नेशनल हाईवे पांडे ढाबा के सामने ट्रक और ट्रेलर में आमने सामने भीषण जोरदार टक्कर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को भेजा सी आपको बताते चले सुबह छह बजे पांडे ढाबा के पास ट्रक और ट्रेलर में आमने सामने जबरदस्त हुई भिड़न ट्रक ड्राइवर हुआ फरार ट्रेलर ड्राइवर जय मंगल सिंह 23 वर्षीय पुत्र नायक सिंह व खलासी शिवम सिंह पुत्र दिनेश सिंह दोनों गढ़ कटरा नई गली रीमा के निवासी हैं नेशनल हाईवे पांडे ढाबा के पास सुबह छह बजे ट्रक नंबर यूपी 77 जेटी टी तिरासी और ट्रक टेलर एमपी 19 उन्नीस एच ए, आमने सामने हुई भीषण एक्सीडेंट मौके से ड्राइवर ट्रक ड्राइवर हुआ फरार सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स उप निरीक्षक रामायण यादव उप विजय कुमार मई फोर्स के घायलों को भेजा सीएसटी जहां पर खलासी ड्राइवर को रेफर किया गया है जौनपुर के लिए जिला रेफर तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस